बस रेड बार भरने से पहले तो कैप्शन ऑन कर लो एंड प्लेबैक स्पीड जीरो एक्स कर लो वरना फिर हो गया अलगू भाई कुछ समझ ही नहीं आया